Guys, free fire game, ये आपके पास आपनेंट नहीं आप तो क्या बड़े बड़े के पास ही हो सकते अगर आपके पास या यूट्यूबर के पास भी परमानेंट हुए तो मैं अपनी फ्री फायर आई डी आपको दे दूंगा हाँ गाइस अपनी फ्री फायर आईडी आपको दे दूंगा अगर आपको भी आना वो सूज कौन सा है तो भाई अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लगे हाथ